जो कहना है कहना पाते हैं लफसू टो पे रह जाते हैं ये राज कहना मुश्किल है अल्फाज कहना मुश्किल है तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना न देखे किसी और को और बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा और सुन मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना ओ यारा दिल लगाना ओ यारा दिल लगाना कितना मुश्किल है े हो तुम तोड़ दो फासलो की जो दीवार है अपने राजे